तो आ गए आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं जिसे सारा YouTube जानता है ए और कोई नहीं ये खुद कहती हैं और इसे सुनाई तो सुनाई दिखाई भी गलत ही देता है पता नहीं है तो कानों में ये फोन डाल लो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के कौन है पूरे YouTube पर जो वीडियोस बनाता है और जो पायल्सों को नहीं जानता मुझे एक जना बता दो चाहे वो गेमिंग क्रिएटर हो चाहे वो ब्लॉग्स वाले हो चाहे वो कोई भी हो लेकिन वो पायल्सों को जानता इसके कभी दूसरी यूट्यूबर की वजह से नाकान जाते हैं दांत टूट जाते हैं इसके साथ जो भी बुरे काम होते हैं वो सभी बड़े यूट्यूबर की वजह से ही होते हैं ये बोई है, पागल पायल जॉन। तो आपके बारे में बात करने वाले हैं इसके यूट्यूब चैनल पर एक घंटे के बाद दूसरी वीडियो आ जाती है जिसमे ये दूसरी वीडियो में एकदम टन टनाटन हो जाती है इसकी गुस्से की दुखी और सॉरी की वीडियो में इसके फेस पर कोई नया एक्सप्रेशन नहीं है सब एकदम सेम है बेंचोट कोई अंतर नहीं है नमस्कार दोस्तों दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ ट्रगर इंसान के बारे में दे के पहले तुम्हें कहना चाहूंगी ट्रगर इंसान एक काफी अच्छे इंसान है क्यूंकि उन्होंने हमेशा मेरे को समझाया है हमेशा मुझे सलाह दिया कि पायल जो ना जिस तरीके की वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए पायल अगर आप ऐसी वीडियो बनाते रहोगे शायद आपको व्यूज तो मिल देंगे लेकिन कभी भी आप ऑडियंस नहीं बना पाओगे ना आपके जेनुअन फैन थोड़ी ना बनेंगे आप किसी के बारे में करोगे उसको तो आपकी कोई बेस थोड़ी ना बनेगी। so ये चीज़ आप इतना है मतलब आपने झूठ बोलने की जो लिमिट होती है ना वो भी पार कर दिया पायल जॉन अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड और तो yes, बात सरासा झूठ गलत है एकदम किया हुआ है साइड में मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी। जिस दिन मैंने सकती हूँ हम ब्लॉक कर रहे हो सकते हैं ठीक है तो ये बिल्कुल झूठ बोला कि मुझे ब्लॉक रखा है सबर ठीक है मैं ब्लॉक कर देती हूँ कई लोगों को बट मुझे इंस्टाग्राम पर कौन ब्लॉक कर सकता है इनके बीस मिलियन फॉलोअर है दस हाँ, मिलियन जो इनको को कोई ब्लॉग नहीं कर सकता कोई फॉलो तो करता नहीं है तो मैं ब्लॉक कौन करेगा मुझे ये बताओ और जबकि मैंने इनको अपना बड़ा भाई माना हुआ है और हमेशा बड़ा भाई बोलती भी उसके बावजूद तो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि यूट्यूब पे मेरा कोई बड़ा भाई नहीं कोई छोटा भाई नहीं वैसे मैं सबको भाई माना करती थी पहले लेकिन अब कोई मेरा भाई नहीं है और अब मैं इन सबको सबक सिखाऊंगी पहले के इंसान को भाई मानती थी फिर कहती है मेरा कोई भाई नहीं है, तो ये ये बेस्ट है। लिख लो ना की तुम्हें बोलना क्या है आप लोग सोच रहे हैं कि ये कुछ नया लिखेगी अपनी स्क्रिप्ट में या बनाएगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि एक दो घंटे के बाद इसके चैनल पर नई वीडियो आ जाती है ऐसी घटिया गलती भरी स्क्रिप्ट लिखती है जिसे कौर हो जाए कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर इसकी स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है जैसे एक रिपोर्टर एक ही बात को कई प्रकार ऐसी कहता रहता है वैसे ये है एक ही बात की दृढ़ लगाई बैठी है अगर आप इसकी स्क्रिप्ट से कोई उम्मीद लगाई बैठी है तो आप बिल्कुल गलत है क्यूँकी एक घंटे में इसकी वीडियो आ रही है उसमें भी ये आधे घंटा स्क्रिप्ट को लिखने में दे पाती होगी और ये जो यूट्यूबर के ऊपर वीडियो बना बनाकर ना ये यूट्यूब के साथ बहुत अच्छा खेल रही है जो <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> मैं हमेशा ऐसे फालतू यूट्यूबर्स को टारगेट करके वीडियो बना जो कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है वो बकवास है फालतू है और जो इन पर वीडियो बना रहा है फेमस हो रहा है व्यू ले रहा है वो कौन है फिर अरे आप तीस साल की उम्र का, का नहीं तो नहीं किया इन्होंने पागल बोला। अरे किसी परम कम से कम उसको एक बार गूगल पर तो सर्च कर लेना चाहिए अब ये काम भी हमें करना पड़ रहा है घोषणी का इंसान को हम सर्च करते है तो उनकी उम्र छब्बीस साल है लेकिन ये उनको तीस साल का बताती है मतलब की उसको छब्बीस का तीस दिखता है छोटी लड़कियाँ और ए, अपने आप को बीस बता रही दिया मतलब कि भाई साहब मैं इसके बारे में क्या ही कहूँगा अब ये सिर्फ छब्बीस में से दस गए तो अब आप ही बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कितने बचे अबे जब हमारे चैनल के कमेंट को देखेंगे तो अपनी उम्र को तो अच्छी लेंगी कुछ नहीं तो अजी पायल जोन है मेरे जो ऑडियंस है वो जाके आपकी वीडियो देख रहे हैं ये कहती है की मेरी ऑडियंस इनकी वीडियो देखती है अरे इसे बताओ कि उनकी ऑडियंस तुम्हारी वीडियो को देखती है और भर भर कर गालियाँ देती है लेकिन तुमने तो अपने कमेंट ऑफ कर रखे हैं जिन वीडियो की कमेंट चालू है उनके एक दो कमेंट पढ़ो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि और तुम्हारा पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं है अच्छा सोलह साल की उम्र में ऐसे ऐसे कांड कर रही है तभी तुम्हारा पढ़ाई पर नहीं है तब तो जब हो गई जब इसके यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब ने स्ट्राइक दी रोस्ट किया था मिलके सौरभ जोशी एंड ट्रिगड इंसान उनके लिए सब कुछ नॉर्मल है ट्रगेड इंसान अपने चैनल पे वीडियोस डाल रहे हैं ब्लॉगिंग कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं सौरभ जोशी ब्लॉग्स डेली का एक ब्लॉग डाल रहे हैं लेकिन चीजें बदली और खराब किसके लिए हुई है मेरे लिए हुई है <laughs> <laughs> जिनको उन दोनों ने मिलकर इंसल्ट किया था और रोस्ट किया था तो so, मैं आपको बता दू की तरफ से एक मेल आया हुआ है और उस मेल में यह लिखा है कि हमने आपकी उड़ा दी मतलब यूट्यूब ने मेरी वीडियो डिलीट कर दी पैरो तले जमीन घिसक गई और जब मैंने पढ़ा नीचे जाके की मैं सात दिनों तक तो अपलोड नहीं कर सकती हूँ तब मेरे पैरो तले और जमीन घिसक गई रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना लेकिन उसका सारा का सारा इल्जाम बेंचो सौरभ जोशी और ट्रिलगढ़ इंसान की वीडियो पे डाल दिया इसका तो अलग ही यूनिवर्स है इसे कहते हैं टैलेंट इन टू हंड्रेड वो सड़ी का ये क्या यार मैं वो वीडियो बनाती हूँ मस्ती के लिए मजाक के लिए थोड़े ऐसे पागल के लिए मैं चल जाता है जीजू पहले कहती है सीमा मैं कर, जो तुम की तरह डर रही हो और ये बात कहने से पहले तुम अपनी देख ले करो की तुम कौन हो जो दूसरे घर जाकर खाना खाकर कहते है की कैसा लगा आपको हमारे घर का खाना ये बोलोगे और मुँह पैसे डाल दिया सर गंदा कर दिया तो तो आज हम और इसके अलावा ये पीयूष जोशी तो पता नहीं क्यों इतना बोलता है हर चीज़ में बीच में बोलता रहेगा बोलता रहेगा इसके बारे में मैं ज्यादा बोलती भी नहीं हूँ बट इन्होंने भी मेरे बारे में काफी चीजें बोली बोलिया फिर लोग मुझे बोलेंगे कि बच्चे को रोस्ट करती रहती है अरे तो बच्चा भी तो मेरे बारे में बोल रहा है हम क्या पागल है अच्छा प्यारी समझ गई मैंने इनकी पूरी वीडियो देखी जब जब उस वीडियो में मेरी क्लिप्स चल रही थी ना, मेरे को इतनी हंसी आई मैं इतना अपनी बचकानी हरकतों पर हंसी लेकिन तुम्हारी वीडियो को देख कर कोई हस तो नहीं रहा होगा लेकिन जरूर रहा होगा तुम पर इसके तमनेल और टाइटल में तो इतना फर्क है की इसके लोग कुछ कह भी नहीं सकते इसके टाइटल तमनेल और सच्चाई की अलग ही ताल है इसके ताल कभी मेज ही नहीं खाते जो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है इसकी वीडियो को देख कर छह साल का बच्चा भी समझ जाएगा उसका दिन दाड़े काटा जा रहा है लेकिन ये यहाँ पर भी रुकने का नाम ले ले रही है अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे बक्चो देखने के लिए और अगर आपको इसके ऊपर और वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय भोसरी के टीवी के सिग्नल नहीं आ रहे पता नहीं क्या करूंगा इसका सारे मेच्योर हो चुके हैं लेकिन व्यवहार में सारी मेच्योरिटी नहीं डाले बेच्योर बंद होकर गालियाँ देती रहती है सारी कमी नहीं तू अपने माऊ तो देख ले तू खुद भी तो गाली दे रहा है पहले एक बार अपने माऊ तो सोच लिया आकर के तू भी पायल जोन बनना है